असल वरम् वरक मेरे दोस्तों कैसे हो उम्मीद करता हूँ कि खैरियत और आफियत होंगे अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखिए जन्नत की जमानत जी हाँ हजरत सयदीना उबादा बिन अन्हु से मरवी है कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी छः बातों को तुम मान लो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ सहाबा कराम रजी अल्म अजमाइम ने अर्ज किया कि वह छः बातें क्या है तो आप सरमाया नंबर एक जब तुम किसी से बातें करो तो सच बोलो झूठ मत बोलो नंबर दो जब तुम वादा करो तो पूरा करो खिलाफ वर्जी मत करो नंबर तीन जब तुम्हें कोई जमानत दी जाए तो उनकी खयानत करो नंबर चार अपनी निगाहों को हिफाजत किया करो नंबर पाँच अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो नंबर छः अपने हाथों से जुल्मों जियादती यानी बुरे कामों से रोके रखो मेरे दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी इसी तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे